आप अपराधी खुशी तो रोको का लगता था कि नहीं लौटेंगे गलत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बहुत लंबा दंगल चलेगा रे